समाजसेवी स्वर्गीय दादा निर्मल कुमार केसवानी की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर भोपाल के लोगों ने उन्हें भावुक होकर याद किया इस मौके पर जहांगीराबाद स्थित खटलापुला श्री राम मंदिर में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया इस दौरान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शिविर स्थल पर पहुंचकर दादा निर्मल केसवानी को श्रद्धांजलि दी वही भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर और सह मीडिया प्रभारी नरेंद्र पटेल ने भी उपस्थित होकर पुष्प अर्पित किए कार्यक्रम का आयोजन खटलापुरा भक्त मंडल जागृत हिंदू मंच और हमारा भोपाल संस्था के संयुक्त तत्वाधान में किया गया दादा निर्मल कुमार केसवानी की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर कई आयोजन हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी ने बताया कि रक्तदान कैंप में करीब 27 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया है विभागीय अधिकारियों से कहा जाएगा की यह रक्त सेना के जवानों के लिए ही विशेष रूप से भेजा जाए शिविर के दौरान युवाओं ने उत्साह पूर्वक हिस्सा लिया रक्तदान करने के बाद युवाओं ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए इस दौरान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने रक्तदान करने वाले युवाओं को सर्टिफिकेट देकर उनका उत्साह वर्धन किया गृह मंत्री ने युवाओं से कहा कि देश के लिए किए गए कार्यों से ही देश का विकास होगा इसलिए देश के प्रति समर्पित होकर काम करना चाहिए रक्तदान शिविर के बाद मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ और पूजा का आयोजन किया गया इस अवसर पर युवाओं को सेना की अग्निवीर योजना के बारे में भी जानकारी दी गई कार्यक्रम के अंत में सामूहिक भंडारे का आयोजन भी किया गया वाथिया चेंज इज द वर्ल्ड ऑफ ऑपरचुनिटीज वर्ल्ड ऑफ इंस्पिशन वी आर एल एन सी टी ग्रुप एवरीज इज प्रोवाइडिंगकेस्ट मैन पावर टू द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड एल एन सी टी ग्रुप चूज द बेस्ट टू बी द बेस्ट फॉर मिशन कॉल सेवन डबल फोर जीरो ट्रिपल सेवन ट्रिपल वन